हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सतरियाकाल तो दोस्तों आप कैसे हो उम्मीद करूंगा बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों मैंने जो आप कल कल आपको गेंद देखे क्या था सिंगल सिंगल राशि में जो हमारा इकतीस डीएस में पास है दोस्तों ठीक है इकतीस हमारा डीएस में पास है ठीक है मैंने आपको टेलीग्राम पर इसका स्क्रीन डाल दिया हूँ देख लेना आप जाके इक्सी का मेरे इक्सी का मेरे पास जोड़ी था सिंगल मैंने इक्यासी डाला था पर इसकी राशि में इकतीस हमारा मार के गया ठीक है इकतीस भी मैं जोड़ी बना के गया था ठीक है दोस्तों चलो जिस भाई की लगी है बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों आपको पता है लगातार ही गेम पास करवा रहा हूँ तो इसलिए आपको मैं यही चीज़ मांगूँगा आपसे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे उन भाइयों के पास जो भाई लॉस में है वो भाई भी लॉस कवर कर ले ठीक है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे वीडियो देख रहे हो ठीक है और दोस्तों जो भाई नया आया है ना वो सब्सक्राइब कर ले ठीक है दोस्तों और शेयर कर दे उन भाइयों के पास ठीक है और लाइक करके जाना जो भाई अगर अच्छा लगा तो नहीं लगा तो भाई डिसलाइक करके चला जाना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोस्तों सीधी सीधी बात है और साफ़ बात है जो कहना है वो भाई सामने कह के जाता हूँ मैं ठीक है दोस्तों चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आज एक ट्रिक ले आया हूँ ट्रिक भी देख लेना और मैंने आपको एक ट्रिक देके गया था बीच में वो ट्रिक भी पास हो रहा था लगातार बट आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया मैंने आपको उसमें सिंगल भी जोड़ी दे गया था ठीक है उसमें मैंने सिंगल जोड़ी दे के गया मैंने सो सिंगल ही आई पर सिंगल नहीं आई थी वो वो मार के गया था राशि में ठीक है दोस्तों ये वाला ट्रिक था वो आपको मैं बता देता हूं एक बार ठीक है ये वाला ट्रिक था जो चल रही थी हमारा सात प्लस सात माइनस करके ये सात प्लस सात माइनस करके चल रही थी तो उसी दिन भी 11 और उनचास निकाला था तो 11 उनचास हो गया हमारा 60 तो 60 में से हमारा क्या हुआ था 60 में अगर सात प्लस करेंगे तो सेवेंटी सिक्सटी और सात माइनस करेंगे तो सिक्स थर्टी थॉरी सॉरी ये थर्टी नहीं था थर्टी थर्टी थ्री था ठीक है थर्टी थ्री में ये देख सकते दो दिन के अंदर दो दो जोड़ी प्ला पास हो के गया था ठीक है ये पकड़ जोड़ी होती है बट बट सिंगल होती है ठीक है दोस्तों ये सिंगल जोड़ी होता है और पकड़ जोड़ी थे मैंने एक सेट भी पास करवाया था जो सोलह खुली थी ये देख सकते तो यहाँ पे सोलह खुली थी दूसरे दिन पास हुआ था ठीक है वैसे एक दो दिन छोड़ के तब आप गली और डी का मिला इसको प्लस कर लेना माइनस इसको दोनों को प्लस कर लेना प्लस करके जितना अंग आएगा वो आपको सेवन प्लस सेवन माइनस करके खेलना है ठीक है दोस्तों चलो आज जो ट्रिक आया वो आपको देख लो ठीक है दोस्तों वो ट्रिक है ये वाला वो ट्रिक है ये ठीक है दोस्तों फरीदाबाद गाजियाबाद गली जहर चल रही है ये चल रहा है कहाँ से ये चल रहा है फरीदाबाद अ... से और डीएस से चल रही है ठीक है दोस्तों फरीदाबाद और डी से कहाँ चल रही है फरीदाबाद के अंदर का लेना है और डी का बाहर का लेना है ठीक है फरीदाबाद का अंदर का और डी का बाहर का तो लेना कैसे यहाँ से जीरो जीरो आया बाहर में यहाँ पे बाहर आया है दुआ ठीक है दोस्तों यहाँ पर दुआ ले लिया और यहाँ पे नौ और सात ले लिया ठीक है दोस्तों नौ और सात ले लिया यहाँ पे तीन और नौ ले लिया ठीक है उसके बाद हमें ल, हमने हमें लेना है पाँच और सात ठीक है दोस्तों तो फिर से हम यहाँ से चार और यहाँ से एक ले लेंगे ठीक है चार और एक ले लेंगे इसमें फॉर्मूला लगाना है क्या फॉर्मूला लगाना वो आपको बता देता हूँ चार माइनस का ठीक है दोस्तों माइनस माइनस माइनस माइनस पहले इसने तीन माइनस करके गया था ठीक है दोस्तों तीन माइनस किया तो निन्यानवे आई थी मुंडा दो में अगर तीन माइनस करे तो निन्यानवे आया था फिर उसके बाद संथानबे था ठीक है इसमें क्या किया था इसने चार माइनस कर गया था चार माइनस ठीक है चार माइनस किया तो चार माइनस किया तो हमारा आया था ये निन्यानवे आया था तीन माइनस कर दिया था पहले दिन उसके बाद चार माइनस करके गया फिर आया तिरानबे ठीक है उसके बाद फिर से हमारा मार आया था उनतालीस ठीक है दोस्तों उनतालीस में चार माइनस पैंतीस ठीक है दोस्तों उसके बाद फिर आया था कल सैंतीस सैंतीस में हम चार माइनस करेंगे कल क्या आया था सैंतीस सॉरी दोस्तों यहाँ पे आया था सैंतीस संतावन ठीक है ये देखो पाँच और बाहर का उठाएंगे सात तो आएगा सन्तावन तो संतावन में अगर हम चार माइनस करेंगे तो आएगा हमारा तिरपन ठीक है दोस्तों निन्यानवे हमारा पहले घड़ी में यहाँ पास हुआ ठीक है उसके बाद तिरानबे यहाँ पास हुआ ठीक है उसके बाद पैंतीस यहाँ पास हुआ उसके बाद तिरपन यहाँ हुआ, ठीक है दोस्तों मतलब लगातार फरीदाबाद में ज़्यादा दे गया एक दिन सिर्फ गाजियाबाद में दे गया ठीक है दोस्तों एक दिन सिर्फ गाजियाबाद में दे गया तो आप देख सकते हो लगातार ही सिंगल सिंगल जोड़ी ब्लास्ट होके जा रहा है ठीक है दोस्तों और आज भी अगर चार माइनस करेगा ना दोस्तों आज इकतालीस निकला है अगर चार माइनस करेगा तो दोस्तों चार माइनस करेगा एक एक है, तो इकतालीस आइए तो आएगा सैंतीस ठीक है शायद इसकी पूरी फैमिली खेलनी है आपको दोस्तों मैं ट्रिक से निकाल रहा हूँ ना किसी का लेता हूँ ना किसी को देता हूँ ठीक है दोस्तों अपना ट्रिक बनाता हूँ और अपना तरीके से गेम देता हूँ ठीक है दोस्तों ये मत सोचोगे दोस्तों कोई दूसरा डाल रहा है तो भाई उनका ही सैम जोड़ी डाल रहा हूँ भाई ये ट्रिक उनके सेम और किसी का किसी का भाई ट्रिक ये है नहीं ठीक है मैं अपने तरफ से ट्रिक निकालता हूँ और अपने तरफ से डालता हूँ ठीक है दोस्तों अपना दिमाग लगाता हूँ अपना दिमाग से ही ट्रिक बनाता हूँ ठीक है दोस्तों ये मत सोचो भाई किसी और का ट्रिक उठा के डाल रहा हूँ और कोई भाई ये बोल भी नहीं सकता कि भाई मेरा ट्रिक है ठीक है दोस्तों अपना ट्रिक बनाता हूँ सिर्फ और अपना ही गेम देता हूँ मैं और दोस्तों आप मेरे पास ऐसा ऐसा जोड़ी है ना दोस्तों आपको हिला देगा दोस्तों और आप अगर पूरे महीने खेलोगे ना पूरे महीने में आपको लगातार ही पासिंग करा के जाऊंगा मेरे जोड़ी से मेरे हिसाब से मेरे जोड़ी जो खेलोगे मैं इसलिए जोड़ी नहीं डाल के जा रहा हूं भाई आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं एक चार्ट भाइयों मेरे पास ऐसा फुल चार्ट बना हुआ है ठीक है दोस्तों ऐसा चार्ट बना रखा हो ना जो जोड़ी खुल के जाता है तो खुल के जाता है देखो देखो दोस्तों यहाँ पर निन्नावे आई थी ठीक है दोस्तों <coughs> यहाँ पर निन्नावे आई थी फरीदाबाद में ठीक है फरीदाबाद में निन्नवे आई थी देखो पैंतीस पास और तिरपन पास यानी यहाँ से हमारा दोनों ही जोड़ी पास हो गया ठीक है दोस्तों ऐसा जोड़ी है दोनों ही पास हो के गया ठीक है दोस्तों और एक जोड़ी और, और, और आपको आपको दिखाऊं मैं कैसा जोड़ी दे गया था मैं और कैसा जोड़ी खुल रहा है ठीक है दोस्तों यहाँ पे आया था उन्नीस ठीक है दोस्तों यहाँ पे आया था 19 ये देख सो तीस खुल के गया ठीक है दोस्तों जब भी 19 आता है तो 30 खुल के जाता है तो दोस्तों इतना ज़्यादा दिखाने का भी टाइम नहीं है फिलहाल मैं अभी कम ही दिखाऊंगा तो आप एक चीज़ और देख लो सिंगल रिकॉर्ड ये रहा देखो सकते हो, देख सकते हो सिंगल रिकॉर्ड सिंगल रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा तीस आई है इकतीस आई है तो मुंडा छः आना चाहिए ठीक है दोस्तों मैं आपको बंद कर रहा हूँ ये चीज़ अभी आपको मैं ये दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो इसीलिए मैं मेरे पास ऐसा ऐसा रखा हुआ है ना चीज़ आपको पैसे ही पैसे दूंगा भाई पैसे ही पैसे कमाओगे आप ठीक है दोस्तों चलो आज की जोड़ी ले लो ठीक है दोस्तों आज क्या आएगा आपको मैंने दिखाई दिया मुंडा छः यहाँ पे सैंतीस निकल के आया है ठीक है दोस्तों तो आपको मैं दे देता हूँ सिंगल में दोस्तों मेरे हिसाब से आज सिंगल में आज आएगा भाई मुंडा छः ठीक है दोस्तों मुंडा छः मुंडा छः की फैमिली आज पूरा खेल लेना गारंटी के साथ पास हो जाएगा मेरे हिसाब से ठीक है और यहाँ पे आया है सपोर्ट में दे रहा हूँ इसको मैं सपोर्ट में आया है भाई हमारा पास सैंतीस सैंतीस को पूरा खेलना है राशि इसका इसका, इसका राशि है बयासी ठीक है इसका राशि है बयासी और इसका राशि है अठासी ठीक है दोस्तों इसका राशि है अठासी और एक जोड़ी है हमारा अट्ठासी अट्ठासी हो गया जोड़ी 32, एक जोड़ी है बत्तीस की ठीक है दोस्तों एक जोड़ी है बत्तीस की और हमारा मुंडा छः की फैमिली मुंडा छः की फैमिली भी आपको बता देता हूं मुंडा छः में आता है पहले तो छप्पन ठीक है दोस्तों उसके बाद आता है एक, एक कावन। ठीक है दोस्तों और एक जोड़ी आता है हमारा दस ठीक है मुंडा छ दस छप्पन इक्यावन सैंतीस हमारा सपोर्ट में बयासी अट्ठासी ठीक है दोस्तों और बत्तीस जोड़ी क्लियर आप ले लो भाई दोस्तों ले लो आप हरूफ ठीक है दोस्तों अब ले लो हरूफ जोड़िया नोट कर चुके होंगे आप नहीं कर चुके होंगे तो वीडियो दोबारा देख लेना ठीक है दोस्तों वीडियो दोबारा देख के नो नोटिस कर लेना ठीक है वीडियो देख के दोबारा जोड़ी देख के नोटिस कर लेना नोट कर लेना जोड़ी आप ठीक है, है दोस्तों आप ले लो हरूप हरूप में देखो आज कल मैंने देखे क्या गया था चौका दे गया था ठीक है नौ का चौका दे गया था चौका हमारा चौबीस में पास था दोस्तों ठीक है चौबीस में पास था दो... चौका ठीक है दोस्तों तो आज जो, जो जोड़ी आएगा वो आएगा सॉरी आज जो हरूप आएगा हरूप आपको मैं दे देता हूँ एक हरूप में आज मेरे हिसाब से खुलना चाहिए नौ का ठीक है दोस्तों और फिर से चौका ठीक है दोस्तों नौ का चौका खुलना चाहिए और आज सात की हरूप भी कन्फर्म लग रहा है ठीक है दोस्तों सॉरी आज सत्ता का भी हरूप लग रहा है कन्फर्म अगर किसी के बाद सत्था पड़ा हुआ है तो सत्ता खेल लेना इसके साथ जीरो मिला के खेल लेना दोस्तों गेम पास होकर जाएगा ठीक है दोस्तों चलते सर जय हिंद जय भारत बंदे मातरम तब तक ले हंसते रहो मुस्कुराते रहो खिलखिलाते रहो